हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हैं चलिए हमें मालूम होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन आ गया है क्योंकि एस एस सी में एक साल के बाद ये भर्ती निकलती हैं तो इसमें जिन जिन लोगों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना है वो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है वो लोग उस चीज़ को रिनूवल कैसे कर सकते हैं बाकी आप लोगों के लिए वैसे सभी डिटेल मालूम होगी फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस साल इसमें 24 हज़ार तीन सौ निकली हुई हैं वो भी एक इसमें बहुत सारी इंपोर्टेंट वैकेंसी निकली हुई हैं आप देख सकते हैं कि 27 दस 22 से ही फॉर्म भरना अप्लाई हो चुके हैं लास्ट तीस ग्यारह बाईस है और इसमें फीस भी बहुत सारी कम सबमिट हो रही है सिर्फ ओबीसी बी वालों के लिए ही फ़ीस सबमिट हो रही बाकी एस सी और आल फीमेल कैटागरी के लिए फ्री वैकेंसी हैं ये और से तेईस ईयर्स के सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बी में दस हज़ार चार सौ सत्तानवे भर्ती निकली हुई हैं सी में है सौ और सी में आठ हज़ार नौ सौ ग्यारह भर्ती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं और मेन पॉइंट इसमें भर्ती है ए आर वाली है चार पाँच साल के बाद ही भर्ती निकली हुई है इसमें एक हज़ार छः सौ सत्तानवे भर्ती मौजूद है इसमें बाकी यहाँ पर आप कैटेगरी बाई यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अगर सब बताएंगे तो इसमें बहुत सारी डिटेल लंबी हो जाएगी तो आप ऐसा करते हैं कि इसमें और थोड़ी डिटेल बताते हैं कि यहाँ पे मेल फीमेल की रनिंग और यहाँ पे कितने हाइट होनी चाहिए कितना चेस्ट होना चाहिए यहाँ पे सभी हमने पूरा दिखा रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी नहीं मालूम है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना चेस्ट किस तरह किसके लिए होना चाहिए बाकी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन तो अपलाई ऑलाइन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिसका पहले से भरा हुआ होगा ठीक है वो यहाँ पर लॉग इन कर सकता है चाहे एस एस सी मतलब एस एस सी ने कहीं पर भी किसी में भी फॉर्म अपलाई कराया हो तो एस एस सी वाले से ही इसका फॉर्म खुलेगा ठीक है बाकी इसका नहीं करा हुआ वो यहाँ से नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन कर सकता है मैं जो अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो चलिए मैं एक दो दिन में वीडियो बना दूँगा और वो वीडियो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं चलिए मैं अपना फॉर्म मैं अपना ओपन करता हूँ आप यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेना अपना ठीक है और ये फॉर्म आप चाहे मोबाइल पे भी सबमिट कर सकते हैं चाहे अपने लैपटॉप पे भी, भी सबमिट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खोल लिया है यहाँ पे आकाश कुमार नाम लिखे आ भी गया है यहाँ पे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉन्स्टेबल जी इन सेंटर ठीक है पुलिस फोर्स ठीक है तो यहाँ से आपके लिए करना है अप्लाई अप्लाई पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी सबमिट हो जाती है ठीक है आप यहाँ पर भाई करेक्शन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा नो करना है इसको भी नो करना है ये कहते हैं आपके रिलेशनशिप में कोई है या नहीं है एन सी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे ठीक है अगर यस है तो यहाँ पे यस करेंगे बाकी यहाँ पे डेल फिल कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा यहाँ पर आपको सेंटर चॉइस करना है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर गया हुआ है ठीक है कहाँ कहाँ पर आपको सेंटर डालना होगा हमने बरेली डाल लिया है यहाँ आगरा कर लिया यही सेंटर हमारे पास में लगते हैं जो भी आपके सेंटर जहाँ पर भी पास में रहें यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका स्टेट जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे चॉइस करेंगे फिर से कन्फर्म करना है इसके लिए यहाँ पे आपका ज़िला कौन सा लगता है ज़िला चॉइस कर लेंगे चलो हमारा लगता है बरेली यहाँ पे तो हमने यहाँ से बरेली चॉइस कर लिया तो यहाँ से यहाँ जो आपका लगता है वो चॉइस आप कर लेंगे ठीक है नीचे यहाँ पर आएँगे यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि यहाँ अदर कैटागिरी वगैरह कहीं से नहीं है यहाँ पर कहता है ठीक है पर्सनल पोस्ट आप कौन सी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं जैसे सबसे पहले आप बी एस एफ में ही भरिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे तो आप किसी में भी फिल कर सकते हैं मगर जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है डॉट्स है वो नहीं सबमिट कर सकते हैं तो यहाँ पर बी एस में भरिए क्योंकि बी एस एफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ है मौजूद हैं बी एस एफ और सी में ठीक है तो यहाँ से मैं सबसे पहले फर्स्ट में करूँगा ए सेकेंड में करूँगा यहाँ से सी ए सी का मतलब हो गया यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाली दोनों वैकेंसीयों में से मुझे एक वैकेंसी च्वाइस करनी है तो यहाँ पे यहाँ पे आप क्या करना है आपके लिए वैकेंसी तो यहाँ पे जो बचा हुआ है, वो आपको फिल कर देना A के बारे में B छोड़ दिया, तो बी कर लेंगे यहाँ पे फिर यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा डी इस तरह से आपको पूरा फिल कर लेना बाकी यहाँ पे यह कॉपी कर लेना है इसी का सेम आपको कॉपी कर लेना होगा यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं आपका ये फॉर्म आगे सबमिट हो जाएगा बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं इसीलिए उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है ठीक है मैंने ये यहाँ से कर लिया है नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कौन कितनी हाई क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं मेरे यहाँ पर टेंथ प्लस ट्वेल्थ है और टेंथ पास है यहाँ पर टेंथ आपका जो जब भी किया है आपने यहाँ पर पासिंग आपने कौन सा कर रखा है 18 में आपने कौन सा किया था 19 में कौन सा किया चलो मैंने यहाँ पे पासिंग किया है ठीक है मेरे यहाँ पर टेंथ ट्वेल्थ जो भी है आपका यहाँ पे फिल कर सकते हैं आप चाहे इसको भी सबमिट कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज कितनी बनी है मेरी बनी है फिफ्टी ठीक है जितने भी हैं जिसकी बनी होती है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से नो फिल कर दिया मैंने यहाँ से और नीचे यहाँ पर हम आ जाते हैं ठीक है यहाँ पे कहता है फोटो फोटो देखो आप पे यहाँ से 20 केवी से के जी से लेके 50 के जी के बीच का होना चाहिए और यहाँ पे 10 केवी के जी के से लेके 20 के जी के सिग्नेचर होने चाहिए बहुत से लोग फोटो नहीं बना पाते हैं तो हम बताएंगे आपके लिए फोटो कैसे बनाते हैं मेरे फोटो पहले से बने हुए हैं मैं यहाँ पे अलग से वीडियो डाल दूँगा किस तरह से फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं और आसान तरीके से तो मैंने पहले से मेरे फोटो मैंने उनको रिसाइज कर रखा है मैंने यहाँ से उनको सबमिट भी कर दिया है मगर ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर जो डेट आ रही है बीस दो ये कहता है कि यहाँ पे आप चॉइस करके देख लीजिए या नहीं कहता है जुलाई 2022 हज़ार सत्ताईस जुलाई 2022 हज़ार बाईस के का इधर से अंदर का ही फ़ोटो होना चाहिए मैंने यहाँ पर गलत है इसको मैं सही कर लेता हूँ आप सही करके ही डाल मैंने यहाँ से अपने फ़ोटो सबमिट कर दिए हैं और इसको यहाँ पे करना यस और नीचे आना है इसको चेक करना है यहाँ पर ये कुछ कहता है नोटिफिकेशन बहुत सारा पता जाता है ये आपको देख लेना है वही चेक करने के बाद इसको आगे फिल कर देना है आपके लिए ठीक है आगे फिल करने के बाद इसको करना है फिर फिर रिव्यू करने के बाद यहाँ पर हमारा फॉर्म अगले बढ़ जाएगा यहाँ से अगला आने के बाद आप डिटेल यहाँ पे अपनी फिल करके देख सकते हैं कौन सी किस तरह से फिल किए हैं आप लोगों ने चेक करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा नीचे आने के बाद यहाँ से करेगा एडिट आप एडिट भी कर सकते हैं सबमिट भी कर सकते हैं मैंने इसको सबमिट कर दिया है और ओके कर दिया है से ठीक है अब यहाँ पर ये यह लिख के आ रहा है अपवर्ड फॉर्म यू अपलिकेशन फॉर्म्यू रिशिप्ट ठीक है यहाँ पे अगर ओ बी वाला है जिसकी फीस कटेगी तो यहाँ पे लेके आएगा ओ और प्रिंट ठीक है और फीस कटने का भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से तो हमारी फ़ीस यहाँ पे नहीं कटेगी क्योंकि तो हम आईसी में आते हैं और यहाँ से आपके लिए क्या करना है ओ पे प्रिंट निकालें तो प्रिंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस प्रिंट को निकालने के बाद अपने सिस्टम में मोबाइल में इसको सेव करके रख लीजिएगा ठीक है यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करा हुआ आपको दिख जाएगा इसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए मैं इसको कर देता हूँ ओके हमारा ये फॉर्म सबमिट हो गया है ठीक है प्रिंट फिर से हमें इसकी प्रिंट निकालनी होती यहाँ से फिर से प्रिंट इसकी हम निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कैसा लगा देखने के बाद अगर आपके फॉर्म सबमिट हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए हमारे वीडियो को लाइक एउंड सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को जरूर दबाएँ जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके हम जो वीडियो डालते हैं रियल डालते हैं और जो मिलेगा आपको रियल ही मिलेगा जय हिंद दोस्तों